subscribe now and press the bell icon never miss an update one photo aisa jadoo kiya lut gaye hum to pehli mulaqaat tumne